कि कि अरे देखना से करा जरूरी कैसा भैल ले लो पुदीना हा हा कैसे पुदीना कौन देता है क्या चाहिए ले लो पुदीना इकडे पट कोदीना हैगा ओ ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना ले लो पुदीना Thank you were the one सोचा चा दो। गाने में पवन की हमसे चार लाख बाकी वो गाना के माध्यम से जिंदगी में चेंज है तो वो लाइन हमारे हमारा भाई भाई, भाई भाई भाई एक चार महीने ना क्या है चाय दही है